बिलाल है अहमद और देखें, 2022। आज की आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं पहले आपने अपने भोजरा वोटोजाने के बाद आपने अपना यूट्यूब ओपन करूब ओपन करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद यूर चैनल पे क्लिक करना है पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने कस्टमाज़ के क्लिक करेंगे कस्टमाइजेशन कस्टमाइज़ के करना है तो आप YouTube क्रिएटर स्टूडियो पे पहुंच जाएंगे YouTube की पे होती है की कस्टमाइजेशन चैनल आप वहां जाएंगे YouTube क्रिएटर स्टूडियो पे आप पहुंच जाएंगे जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपने कस्टमाइजेशन खोलनी है कस्टमाइजेशन ओपन करनी है यूट्यूब चैनल की ना के ओपन कुछ से कस्टमाइजेशन आप आप की जगह कर और उसके बाद आपने जाना है बेसिक इन्फॉर्म बेसिक इन्फॉर्म जैसे ही आप जाएंगे इस पेंसिल आपने क्लिक करना है इधर अपने चैनल का नाम लिखते हैं जैसे मैं लिखता हूँ अहमद बिलाल साथ में इस पर आपने पब्लिश पर क्लिक करना है ये आपके थोड़ी लोडिंग होगी और आपके चैनल का नाम चेंज हो जाएगा इसको आप कैंसल कर दें जैसे ही आप अब YouTube पे आएंगे तो ये आपके चैनल का नाम चेंज हो गया ये अहमद एह बिलाल हो गया थैंक्स फॉर वॉचिंग का सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल साथ वाले बेल आइकन प्रेस करना मिलते हैं नई वीडियो में